दोस्तों की, की कार्टून ऑफिस या एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था जिसमें खरगोश भालू और हाथी और हाथी के तो बच्चे थे जंगल बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा था जिसमें सभी एक परिवार की तरह रहते थे वहीं जंगल का राजा शेर था सभी जानवर राजा की बहुत ही आदर करते थे और राजा भी सबको मिलजुल रहने की सलाह देते दे थे सभी जानवर एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे लेकिन जंगल में वही हाथी और हाथी के तो बच्चे इन सब बातों को नहीं मानता था जैसे चाहे वैसे इधर उधर मस्ती करता और जंगल में इधर उधर घूमते रहता था हाथी और हाथी के दोनों बच्चे खुश भी बस मस्ती करते रहते थे जंगल में इससे पूरे जानवर परेशान रहते थे इन दोनों की हरकतों से हाथियों के लिए राजा द्वारा दिया गया आदेश का कोई महत्व नहीं था बस अपने में मस्ती में चोर रहते थे वही एक दिन की बात है हाथी के दोनों बच्चे जंगल से अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी उधर से भालू अपने और अपने बच्चे के लिए केला लेके आ रहे थे। हाथी की नजर भालू के पड़ी और और हाथी बच्चे ने भालू भालू भालू से केला छीन लिए। जोर-जोर। बेचारा निराश होके अपने घर पर चल दिए रोते रोते सहने सहने फिर तो रास्ते में खरगोश मिला भालू ने अपनी पूरी कहानी खरगोश को बताई जिससे खरगोश गुजारा को बहुत दुख हुआ और खरगोश को बहुत गुस्से आया और वो गुस्से गुस्से में जिधर जा पहुंचा राजा के पास फिर राजा को सारी बातें बताई जो भालू के साथ देता था फिर क्या था राजा को भी बहुत गुस्सा आया फिर हाथी के दोनों बच्चे को बुलाने की सलाह दी गई और दोनों हाथी को बुलाया गया हाथी के दोनों बच्चे डर डर से राजा के पास जाने लगे बस यही सोच रहा था कि अब क्या होगा हम दोनों के साथ सोचते सोचते वो लोग राजा के पास पहुंचे फिर क्या था राजा के गुस्सा राजा ने बच्चों को बहुत सुनाया लेकिन इन सबसे हाथी के बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ा और वहीं था फिर जंगल में मस्ती करने लगे तांडो जिससे सब जानवर परेशान हो गए एक दिन हाथी के दोनों बच्चे जंगल से घर की तरफ जा रहे थे कि उन लोगों को गड्ढा दिखाई नहीं पड़ा और जा गिरा गड्ढे में फिर गया था दोनों तो बच्चे रोने लगे जोर जोर जो से से था आ रहा जाने के लिए। देखा, क्या हुआ हुए हैं सब उसके दिमाग में ख्याल आया वो सीधा बने भागा भागा और गया भान के पास हाथी के जैसे ना चला बच्चे बच्चे पास अरे तुम तुम लोग परेशान मत हो मैं मैं आ गया लोगों को निकालने का फिर हाथी के दोनों बच्चे को निकाला गया और सभी के सभी फिर से एक साथ रहने लगे हाँ से तो हमने इस कहानी में यही सीखा अनेकता में ही एकता है तो हम सबको मिलजुल एक साथ एक परिवार की तरह ही रहना चाहिए